If you think you are bad i am your dad to kaise aap log अरे यार इतनी कैंपिंग क्यों अरे घर बसा लो ना अपना वहां पर चाय पानी ले आता हूं सुट्टा भी ले आता हूँ संभाल सारे काम कर लेना वहीं पर चिलिंग मचा लेना शॉर्ट गार्ड ना पुला माच चोर देंगे तुम्हारी रुको जरा सबर करो अच्छा। आप टेबल के पीछे टेबल आपके पीछे रुक तेरे को बताते तेरी माँ की चुत तेरी रुका होगी यार ये विक्टोरिया मजा आया